इम्पोर्टेंट्स से सीजन 2021 हज़ार एवं 2021 हजार मतलब कि एक साल की टेट और दो साल की टेट वाले कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट्स से अब हम देखेंगे देखिए इससे पहले की वीडियो मैंने जो बताई हुई है आई बटन के लिंक पर आप देख सकते हैं उसमें था लेपटॉबर ट्रेनिंग के कैंडिडेट्स के बारे में मैंने बताया हुआ था सेशन दो हजार और दो 2022. बाईस लेपटॉपर मतलब जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम नहीं हुआ था उन कैंडिडेट्स के लिए न्यूज़ थी अब हम देखेंगे नेक्स्ट ए डेटा अपलोड टू एन सी बी एडमिटेड ट्रेनिंग सेशन 2021-22 इक्कीस 23 मतलब एक साल की ट्रेड और दो साल की ट्रेड। एक साल में क्या आएगा 2021-22 और दो साल की ट्रेड में 21 तेईस शीड्यूल्ड थर्ड ये थर्ड टाइम फिर से एक मौका दिया गया है इससे पहले दो मौके दिए जा चुके हैं ये तीसरा मौका है इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं सीधे सीधे हम देखेंगे ए डेटा माइग्रेशन विद द फोटो अपलोड डिस्चार्जिंग, एडिटिंग एंड री अपलोड ओनली अप्रूव्ड डेटा एस मतलब जिन कैंडिडेट्स ने दो में एडमिशन लिया हुआ था अगर उन कैंडिडेट्स को अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है तो उन कैंडिडेट्स को एक मौका फिर से एनसीबीटी ने दिया हुआ है वह अपनी आईटीआई संस्था से बात करें और अपने आप को अप्रूव कराएँ इसके बाद में ट्रेनि वेरीफिकेशन एंड अप्रूवल की जो डेट दी गई है 6 मई 2022 से 16 मई 2022 के बीच में आपको ये प्रोसेस करवाना है ट्रेनि वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल मतलब एडिटिंग Incorrect student name, father name, mother name, photo, etc. एसेक्ट्रा जो भी चीज़ आपकी प्रॉब्लम्स है आप उसे सही करवाएँ ये आपको ये अंतिम मौका दिया जा रहा है इसके बाद में ये मौका नहीं मिलेगा अब हम देखेंगे एस पी आई to kindly complete necessary API data transfer action within this final schedule. No फ्यूचर extension with the provide स्टेट डायरेक्ट्रेट will be responsible for any टेनिसप्ट left out for uploading on the सी MIS after above cited extension period. अबब सिटी साइटेड एक्सटेंसन पीरियड मतलब कि ये आपको तीसरा मौका दिया जा रहा है आपको इसे कंप्लीट करना है अन्यथा आपको नेक्स्ट मौका नहीं दिया जाएगा यही चीज़ यहाँ पर क्लियर करी गई है अब देखिए जो चीज़ मैंने इसमें बताई हुई है वही चीज़ ऑफिशियल साइट में भी अलर्ट के रूप में मैसेज शो कर रहा है देखिए इस अलर्ट एन सी के साइट में जाएंगे अलर्ट सेक्शन में देखेंगे देखिए क्या लिख रहा है पोर्टल इज ओपन फ्रॉम 6 मई टू 9 मई फोर डेज ये जो 6 मई से 9 मई के बीच में है ये लेफ्ट ऑबर ट्रेनिंग के लिए आगे देखेंगे सेशन 2020 कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग अप्रूवल सेशन एंड अटेंडेंस सी थ्रू द पोर्टल प्रैक्टिकल एग्जाम फीस एसेट्रा अब नेक्स्ट क्या है ए अपलोड ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, आई अप्रूवल फोटो करेक्शन फंक्शनली इनबल टू फाइनल लास्ट चांस सिक्स मई टू तो सिक्सटीन मई ये चांस किसका है ये दो हजार 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ उनके लिए बताया गया है ठीक है अब इसके बाद में पेमेंट का लिंक भी एक्टिव हो चुका है इन कैंडिडेट यह से संपर्क करके बारे में भी जानकारी लें कि पेमेंट अप्रूवल का सारा प्रोसेस ले तो हो गई आपकी जानिडेट के लिए और इससे पहले की वीडियो में मैंने 2020 हजार बीस के कैंडिडेट्स की बारे में जानकारी दे दिया हुआ है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो